देखो तुम्हें तो पता है देख कर आपने देखना लगा नहीं मा बढ़िया फर्स्ट क्लास लगे ऑटो के बारे ऑटो चाओ माता मंदिर बेड़ा हाँ यारे हाँ <laughs> आप मजा तोड़ना चाह नहीं सरपंच चयन सिंह जी नज़र मजर तोड़ा चाहिए सरपंच Yeah